सीतम्य को धुन की लवन हार मुनि सरी सारंगी अजगन लरी नदी उसी को पत्तो हो, हो सीतन गरसिला कल सर्व सत्य हाँ सटंगल सारे सगे सामनी जम ज्यं, जम का जम ज्यं सुनी ने विचारे गरीबा हली हरू ठोक बल्सन माखा आनंद संगी रूपा हाय साहित्य तब हिलो मस्तू ल छुपुप गरी ग भाषा बुझन सकी मार थानु बाज गरनी थी दृश्य को आसारी न हुदा रजी कसु दिला बाजू भायू क्री कयूँ आसारी न हुदा रजी कसु दिला बाजू